असल नाजीन छबी मेकर में खुश आमदीद उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो हम मार्केट में सेल करते हैं और उस प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर को है वो फायदा नहीं पहुंचता या उससे उसका मकसद हासिल नहीं होता तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो सेल्स के जमरे में नहीं बल्कि दिहाड़ी के जमरे में आती है और ऐसी दहाड़ियाँ चंद हफ्ते चंद महीने ही लगती हैं उसके बाद वो कंपनी वो बंदा जो मार्केट कर रहा है या सेल कर रहा है वो फ्लॉप हो जाता है और बहुत जल्द वो एक बहुत बड़े खसारे में आ जाते हैं तो बजाय दिहाड़ी लगाने के सेल्स पे तवज्जो दें। कारोबार का जो असूल है मुनाफा कम और सेल ज़्यादा अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपकी सेल दिन ब दिन बढ़ेगी और आपको एक अच्छा मुनाफा भी आएगा और आपकी कंपनी जो है वो ग्रो भी करेगी तो ऐसा नहीं है कि आपने थर्ड क्लास प्रोडक्ट बना के मार्केट में फेंक दें जिससे कंज्यूमर को उसका फायदा नहीं है वो एक दफ़ा चीज़ को खरीदेगा दोबारा नहीं खरीदेगा कभी भी नहीं खरीदेगा तो बजाय ये काम करने के आप अच्छे प्रोडक्ट बना लें मुनाफा थोड़ा कम रख लें लेकिन अपनी मार्किट को जनरेट करें और ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसी प्रोडक्ट बना लें जिसे सिर्फ कंज्यूमर को फ़ायदा हो और आपको माली फ़ायदा ना हो तो भी इसका नुकसान है फिर भी ये सेल्स के ज़मरे में नहीं आती ऐसी प्रोडक्ट हो जो आपको भी मुनाफा दे और आपके कंज्यूमर को भी दे जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उससे उसका मकसद पूरा हो तो जाके आप ग्रो करेंगे आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने थर्ड क्लास की प्रोडक्ट बना के एक ही दफा मार्केट में फेंकी है उसके बाद उनका नामो निशान खत्म हो चुका है जब नया बंदा जैसे कि मैं मार्केट में निकला और प्रोडक्ट लेके निकला तो बहुत से दुकानदारों ने उधार रखने का यही सवाल पेश करते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट रखें हो सकता है कि ये खराब हो तो ये हमारे गले फिट ना हो जाए तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं थर्ड क्लास की जो प्रोडक्ट होती हैं वो देते हैं दुकानदारों को कि ये लीजिए इसको बेचे जब वो बेचते हैं उस कंज्यूमर को उससे फायदा नहीं होता आती है दुकानदार के पास तो दुकानदार वो चीज नहीं रखता और वो लोग चंद पे मार्केट करते हैं दिहाड़ी लगाते हैं और गायब हो जाते हैं और फिर सालों साल नजर नहीं आते तो इस चीज से आप बचें ऐसी प्रोडक्ट बनाए अच्छी प्रोडक्ट बनाए ताकि आपको भी फायदा और आपके कंज्यूमर को भी फायदा हो और आपका बिजनेस ग्रो करे उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी अल्लाह हाफिज